जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं कोई हताश हो बिखर जाता है कोई संघर्ष करके निखर जाता है वह राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है